चलो तुझ पे ही आके रुको, तेरे सिवा मैं कहा कोई भी रहा चु तुझ ही आके रुको, तुम मिले तो गम गए तुम मिले तो सारे गम गए तुम मिले तुम तो मुस्कुराना आ गया गया तुम मिले क्यों तो ना गया तुम मिले तो मैंने हे गाया